हेलो दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा जैसे कि फ़िल्टर फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है फिल्टर फार्मूला के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जैसे कि हमारे पास कुछ लिस्ट है जैसे कि ये सब नाम है और ये कौन सा डिपार्टमेंट में है उसका ये ना मतलब पोस्ट का एक तरह से नाम है ये आईटी टी एच है अकाउंट्स में है जिसमें भी आई में है या एच और अकाउंट में जिस डिपार्टमेंट में है वो तो वो सब एक मिक्स में है और सबको मुझे अलग अलग करना है तो कैसे हम सबको अलग अलग कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर इस तरह से आपको लिख लेना है बिल्कुल सेम आईटी है तो यहाँ पर आईटी और एच है एच और यहाँ पर मैं सबको अलग अलग करने वाला हूँ आईटी वाले अलग बंदे हो जाएंगे एच वाले अलग अलग कॉलम बन जाएगा और जो अकाउंट्स वाले का सबका अलग अलग हो जाएगा सबके पहले आपको क्या करना है फिल्टर फॉर्मूला का यूज करने के लिए एफ आई एल टी ई आर फिल्टर लिखना है और ब्रैकेट ओपन करना है ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है नेम वाले कॉलम को आपको पूरे को सेलेक्ट कर लेना और एफ से फ़िक्स कर देना इसे फिक्स करने के बाद कॉमा लगाना है कोमा लगाने के बाद फिर पोस्ट जो भी है उसका उस पूरे को सेलेक्ट कर लेना है और पोस्ट वाले कॉलम को और इसके बाद इसमें भी F4 हमने फिक्स कर दिया इसको सेल को इसके बाद आपको इक्वल लगा करके और इस ऊपर जो है जो उसके जस्ट ऊपर आईटी वाले हम बंदे को निकालना चाहते हैं पहले तो इस पर क्लिक करके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे एंटर मारते ही जितने भी हमारे पास ये होगा आईटी का देखिए राहुल नीरज राहुल आ, राहुल सिंह राहुल को यादव है मनीष सबका ये आ गया आईटी इसमें से इसके बाद आगे भी आपको करना है तो सिर्फ यहाँ से ऐसे करके आप यहाँ तक यहाँ तक, तक सेलेक्ट कर ले तो अपने आप ही आ गया सबका तो आई टी एच ये आ गया और एच आई वाला और ये अकाउंट्स वाले हैं अकाउंट्स आईटी, टी तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए ना आप मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें और शेयर भी कर दें हमारे वीडियो को धन्यवाद आपका